ऐसी हमारा गरीब आदमी खड़ा है सीधे बोल आइसक्रीम खानी है ठीक है मैं सीधे बोलता हूँ मुझे दस रुपया दो मुझे आइसक्रीम खानी है <laughs> बहुत मन कर रहा है मुझे भी आइसक्रीम खानी है इन दोनों को आइसक्रीम खानी है आइसक्रीम बेटा पहले अच्छे बच्चे बनकर दिखाओ घर के काम में मम्मी की मदद किया करो उसके बाद आइसक्रीम खिलाऊंगा आइसक्रीम खानी है आज के बाद में सब काम करूँगा अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा बताओ क्या करना है घर कितना गंदा हो रहा है बिटू तू एक काम कर तू घर साफ कर दे मैं खाना बना लेती आइसक्रीम ले लो ठंडी ठंडी आइसक्रीम नहीं लेनी है तेरी आइसक्रीम निकल। पापा आजकल बहुत गुस्सा करने लग गए हो गुस्सा मत किया करो गुस्से में बिल्कुल उल्लू जैसे लगते हो अरे नहीं पापा गुस्से में गधा जैसे लगते हैं अरे नहीं उल्लू जैसे लगते है गधा जैसे लगते हैं अरे नहीं यार भाई क्या बात कर रहा है अच्छे ऐसी देख बिल्कुल उल्लू जैसे लग रहे हैं पापा थोड़ा इधर देखना है? हाँ यार भाई तू भी सच कह रहा है उल्लू और गधा दोनों लग रहे हैं चुप चुप चुप हो हो गए क्या है तेरे से घर साफ करने को बोला और बकवास बातें कर रहा है आप दोनों अंदर के कमरे में जाओ हम दोनों मिलकर पूरा घर साफ कर देंगे है ना भाई?